नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल लगातार तीन दिनों तक हो रही बरसात के कारण चौपट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के फतेहाबाद में आज काफी संख्या में किसान लघु सचिवालय के गेट पर इकट्ठा हुए और बरसात में भीगते हुए नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के अंदर मुख्य गेट पर डीसी कार्यालय तक पहुंचे यहाँ पर किसानों ने उनकी मांगों को ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार को लेकर के डीसी तक भी आए लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि पहले जो मांगे मानवाने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं सरकार और प्रशासन उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया किसानों ने पूछा कि जो पहले ज्ञापन दिए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था लिहाजा किसानों ने डीसी से मिलने की मांग की डीसी लघु सचिवालय के मौके पर मौजूद नहीं थे और किसान भी इस बात पर अड़कर बैठ गए की अगर डीसी आकर के किसानों से नहीं मिलते हैं तो ज्ञापन किसी भी अधिकारी को नहीं देंगे वही मुआवजे की मांग को लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे किसान खराब फसलों के पौधे भी साथ में लेकर आए और लगातार किसानों ने लघु सचिवालय पर नारेबाजी की अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया किसानों ने पचास हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से मुआवजा दिए जाने के लिए तथा बीस हजार का मुआवजा कृषि मजदूर को दिए जाने की मांग की किसान नेता कल्याण सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार तीन दिनों से भारी बरसात हो रही है और बरसात के कारण नरमा कपास का मूंगफली, और, और बाजरा तथा अन्य धान की फसलें जो पक चुकी हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। किसान के पास अब और कुछ नहीं बचा है आज हम किसान प्रशासन के पास मदद के लिए मुआवजे की मांग को लेकर के पहुंचे हैं किसानों की मांग पर अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए पल पल से खास रिपोर्ट राजेश भापू के साथ आए। आए। है। है, मैं तो मैं तो तो मैं पर बैग है, फिर अभी। जो नरमे वाली फसल है वो तो चली गई मैं अभी टहाना चाह रहा हूँ चोना था भुनना था देखते आ रहा हूँ तो माइको मैं ऊपर आप लोगों का इंतजार कर रहा था कि वे आराम से बैठ के दोस्तों में बैठ के गल करा आप अपने समाचार समझाओगे लेकिन चलो तो आप यहाँ आगे बात करने की ज़रूरत मेरी क्या है मुझे कोई दिक्कत नहीं जी तो मुझे सारे कम मैं आज सुबह गया था वहाँ तो आना प्रोग्राम था उसके बाद जो हंसावाड़ा गांव में पिछले एक जिला का सैनिक फेल हो गया था उससे पीछे बैठ के आना था और तो मुझे पता लगा कि आप लोग आए हुए मुझे लगा कि मुझे घंटा दो घंटा लग सकता है इसलिए मैंने एक ही हिसाब की थी कि आप जाकर उनकी बात सुन लो हमारे लोग और ज्ञापन दे लो फिर आगे हम बात कर लेंगे देखो अगर जिला में डीसी नहीं है डीसी मीटिंग के लिए कमिश्नर साहब के पास भी जा सकते हैं कैंडीगेट भी जा सकते हैं डीसी की गैर गैरहरी में जो तो ए है वो ऑटोमेटिकली डीसी हो जाता है ठीक है इसलिए अगर आप ये जो भी ज्ञापन देना है जो अपनी बात कह रही थी कोई एडी देते तो उसमें एक ही बात थी डीसी में एडीशन फर्ज नहीं होता तो चलो कोई बात नहीं आपकी संतुष्टि है वो जरूरी है तो ये बातें हैं कि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में घूम के आया हूँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है नुकसान हुआ है आपकी जो मांग पत्र है देखेंगे और सरकार का फैसला है मतलब इसमें हम दोबारा स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे एक एक खेत की दोबारा गिरदावरी होगी और खराबा जो है जितना भी है वो सारा लिख के सरकार को देखेंगे तो उसके बाद जो सरकार रिपोर्ट के साथ जो फैसला होगा सरकार कितना परंत शराबा देती है नहीं देती है हम दोबारा उसकी गिरदावरी करवा सरकार को रिपोर्ट दिखवा देंगे सर एक थोड़ी सी समस्या है जब ये गुर्दवरी करने के लिए पटवारी जाते हैं ना ये किसान से मतलब खराबा लिखने के भी वो पैसे लिखते हैं मतलब इसको सौ परसेंट तब लिखेगा भाई मैं तो ऐसा कहता हूँ कोई आपसे पैसा मांगे मीडिया के सामने कह रहा हूँ बाकी सारे करें ठीक आप मुझे सौदा कर लो शिकायत हमें करवा दो रंगे आठ पकड़वा दूँगा अंधे करवा दूँ अगर कोई पैसे दे दो पहले मांगता ठीक कर लो आंठ दे दूंगा भाई <laughs> शिकायत हमें कर दो बिजनेस में कर लो जूते मैशन लगवाएंगे रगे हाथों तो लग में कर दो जूते मैशन लगवाएंगे रगे हाथों को तो देंगे अंदर करवा देंगे तो ये हमारी मांग है इस, इसको सरकार के साथ बर्बादी होती है नहीं इसको नहीं भेज गिरदावरी करवाएंगे फैसल गिरदावरी होगी और फरार देगी रिपोर्ट भेजेंगे और मेरा रिक्वेस्ट यह मिलने के लिए अगर आना होता है यहाँ बैठना नहीं ऊपर हमारे पास वो कॉन्फ्रेंस रूम है अपनी घोषणा तो लगी हुई है आप ऊपर आओ बैग बांध बैठ के गल कराऊंगी बिल्कुल नौ महीने पहले तो व्या देखे गए और यही खराब देखा ये तोड़ है माना वाड़ी बंद काम ये तो गाँव है और टोटल सौ परसेंट बनता है ले और बात है जिसके पास कैसा उन्होंने जिम्मा करवा दिया जिसके पास जिम्मा नहीं है वो क्या करेगा बताओ जिम्मेवन थोड़ा सर पुले जिम्मे लड़का बताओ भी मिलता है इस और जब तो उनकी जो।, जो है डीसी साहब या और डीआरओ वगैरह है वो भी हमारे बीच में नहीं आते आते आप? आप, तो आप क्या इस चीज को इनकार कर दो ये काम तो नहीं है। ये काम तो भुंग तो करवाया है ये हाँ। बात तो इस तरह है ए डी सी साहब आए है के बाद में ये है इनका यहाँ पर सम्मान आला हमारी आज हम दुख की घड़ी में यहाँ पर उपस्थित है खेतों में कोई हमारे हालात नहीं है खाने के लिए पीने के लिए हमारे पाले पड़े, पड़े हुए हैं स्कूलों की बच्चों के देने के लिए फीस नहीं है अब जो बीमा वो कह रहे हैं कि ये नौवा महीना चल रहा है अब जो कैसी सी सी हुई है उसके मैसेज आ रही है देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं आरती से तो से कुछ लेया करते अब हमारी फसल बर्बाद होगी तो वहाँ जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं इस मरी हुई स्थिति में अगर हमारे साथ हमारे जिले के हमारे जो मुख्य साथी है हमारे जो अभिभावक है हम उनके सामने अपना दुख रोना चाहते हैं और वो दुख सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये किस तरह का जिला तो है किस तरह की उनकी जिले की ब्यूटी है देखिए हमने ये कल ऐलान किया था जो कि बारिश से बर्बाद फसले उसकी मर्जी की मांग के लिए आज आना था मगर डिसीजन लेने जरूरी थे तहसीलदार तो को भेजा सिर्फ मांग पत्र लेने के लिए मांग पत्र तो हमने कई बार पहले भी दिए हैं मगर मांग पत्र की कोई तो कार्रवाई नहीं हो रही आज हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी है जो तो नरने की खेती है वो तो जा चुकी है मरबी की फसल है वो भी जा चुकी है और धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान अभी जो लोन ले रखा है के सी और वो लोन वाले आए जो वो वो भी कहेंगे पैसे भरे वो पैसे कहाँ से भरे जाए ना लोन पर जाएगा ना हमारे एक जो और जो काम बन गए वो चप्त हो जाएंगे मगर सरकार तो को तुरंत मार्जे का लाल करना चाहिए था मगर अभी वो सरकार गर्दौरी करवा कर तो अपना पैनल छुपाना चाहती है उसको पता है अभी उनको लालच दे दें गर्दौरी करा दें मेगा गर्दौरी तो आप करवाओ मगर हमें तो कि सरकार को फैसला करके बताए भी हम कितना मुआवजा होगा कि जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलेगा इसमें नरमा ग्वार है जो वो बिल्कुल सौ परसेंट नष्ट हो चुकी है धान की फसल को भी बीस पच्चीस तीस परसेंट नुकसान हुआ जो धान पक्कर तैयार था वो सौ परसेंट गया और जो बीमा कंपनी है उन्होंने बीमा भी काट रखा है जो तो बीमा नहीं देंगे मेरे को हमारे को गया। पूरा ज्ञान है को सात सौ रुपये एकड़ हिसाब से अभी काले काला में हमारे बीमे साथियों के हैं साढ़े सोलह सौ रुपये तो काट रखे हैं और बैंक वाले हैं वो जब इसी पर हमने लोन ले रखा है तभी वो शर्त बुझा देते हैं आपको बीमा करवाना पड़ेगा फसल का बैंक से सीधे पैसे कंपनियों को भेजे है कंपनियाँ फिल्म लूट करती है और देने लेने को कुछ भी नहीं है हम तो सरकार से मुआवजे की मांग करनी करेंगे कि सरकार घोषणा करे कितना मुआवजा दे कंपनियाँ कुछ भी नहीं देंगी कंपनियाँ सरकार के लोगों का जो धरना प्रदर्शन है ये पिछले तीन दिनों ऐसी मूंगफली गवार बाजरा या धान की फसलें जो पूरी बिल्कुल तबाह हो गया है उनके मुआवजे को लेकर के है उनकी स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर मिलने आए थे लेकिन वो मिले नहीं क्यों नहीं मिले कारण क्या वो कहीं गए हुए बताया जा रहा है क्यों, क्यों नहीं तो उनका नहीं सोच क्या है वो मेरे को पता नहीं लेकिन किसानों से अभी तक डीसी साहब मिले नहीं है पहले तहसीलदार साहब आए थे डीसी साहब आए थे उनसे हमने बातचीत की उनके पास कोई हमारे मुद्दे का ना तो समाधान की कोई बातचीत है ना कोई दूसरी उनके पास वो किसानों को संतुष्ट कर पाए ना कोई बातचीत सुल पाए वो कह रहे हैं सिर्फ ज्ञापन दे दे और जाओ अगर जो ज्ञापन हो उसके मांगे ना मानी गई तो आप क्या करोगे आप, आप क्या क्या देखो मांगे ना मानी गयी तो हमारे पास बसता क्या आंदोलन लड़ाई बस्ती है वो आप आंदोलन के माध्यम ऐसी लड़ेंगे यहाँ साथियों ने निर्णय किया है की कि डीसी ऑफिस का घिराव करेंगे बाहर धरना करेंगे प्रदर्शन करेंगे रोड जाम करेंगे ये जो कुछ इस लड़ाई को जीतने के लिए किया जा सकता है वो हम करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल खेती के अंदर हम बिल्कुल कचरे तबाह हो चुके हैं वहाँ बिल्कुल अब खेल हो चुके हैं कोई किसी प्रकार का हो तो दूसरा सपना हमारे पास रास्ता बचा दे